कुछ लग रहा है ना। आ, देखे यही हां है ना वाला मछली आता बामी बोलते है इसे और ये जो छोटा सा है वो टेंगना है लपटा है, लपता है।